माचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं यहाँ न से पे हम पत्र दिखाए जा रहे हैं सगीना चार सगीना चार सगीना चार बाबापुर बा